मोहल्ले से बाहर आके बैठे नहीं रहते <laughs> नहीं लग रहे और लंगूर महाराज ऊपर बैठे बंदर मगाओ ऊपर बैठे सारे बंदर उसे मार रहा देखो देखो देखो देखो पर वो वो वो निकल निकल के पर। एक और है तो है वाला देख वो तो है पेड़ ऐ, ऐ, आ, है है कितना मोटा वाला बंदर वही तो पेड़ पे अभी आया ना सर पता चल जाएगा यही बैठे हैं नीचे लंगूर महाराज बैठे, <laughs> बैठे। <laughs> नहीं बेकार नहीं है ए, बंदरों की वो भी तो देखो ना सारे वो बेचारा है <laughs> अरे नहीं क्यों दुश्मनी मोड़ रहे क्यों दुश्मनी मोल रहे <laughs> गया गया ऊपर गया उपर लंगूर <laughs> Hey yeah.